स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 3D डी टेक्नो पे तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सीबी सेवन के बारे में जिसे 700 भी कहा जा सकता है तो बहुत अफवाहें थी इसके बारे में इसके लुक्स के बारे में इसके इंटीरियर के बारे में तो हमने डिसाइड किया कि भाई देखते ही है कि क्या इसका सच्चाई है और क्या झूठ है तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे तो एक्सटीरियर पहले तो बात करते हैं लोगो के बारे में महिंद्रा का जो पहले का लोगो था वो महिंद्रा ने यहाँ किस तरह से चेंज किया है जो अभी का लोगो है ये ट्विन पिक लोगो से इंस्पायर करके बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको सामने को देखने को मिलता है बड़ा ही यूज जो मतलब कि आपको बड़े कार्स में जो देखने को मिल जाता है रोल्स रॉयस हो गया रेंज रोर हो गए मतलब मॉन्स्टर टाइप फिल्म सामने से वो महंद्रा ने कही तो भी सेवन में इंस्पायर करके डाला हुआ है करेंगे तो आपको मिल जाता है डी डबल प्रोजेक्टर के साथ इसके नीचे ही आ जाता है एक फूक लैम्प जो एलईडी पूरा ही एलईडी का बना हुआ है बनाया तो हुआ है उन्होंने अगर साइड के बारे में बात करें तो साइड से भी आप एक बार व्यूज़ देख लो कि गाड़ी कितनी ह्यूज लगती है साइड से देखेंगे तो आप वही टायर साइज़ देखेंगे तो आपको मिलता है अठारह इंच का अलाविल साइज ये भी काफ़ी व्यूज ये दिया है महिंद्रा ने उसके साथ वो डायमंड कट में आ जाता है आपको फिर मैं अगर लोगों के नीचे देखेंगे आप तो आपको यहाँ 360 कैमरा मिल जाता है वही साइड मिरर में यह एक कैमरा मिल जाता है उसके बाद बैक में अगर जाओगे तो बैक में आपको यह एक कैमरा मिल जाता है तो इस तरह से कुछ महिंद्रा ने आपको थ्री कैमरा दिया हुआ है अगर वो साइड में जाएंगे तो वो साइड में भी आपको एक कैमरा यहाँ मिल जाता है मतलब एक पूरा तरह से सर्कल बना दिया है और वो रहा एक काज के ऊपर का मतलब एक मिरर सामने के मिरर के ऊपर में ओके okay. तो एक्सटीरियर में आपको मिल जाते हैं पाँच कैमरे मिल जाते हैं दो मिल जाता है एक बार इसे ऑन ऑफ़ करके वापस से बता देते हैं आपको ये ऑफ ये ऑन तो यहाँ आपको देखता है इस तरह से कुछ वेलकम रिट्रैक सीट्स जो ऑटोमेटिकली आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से बैठने तक पीछे चले जाता है अगर आप जब बैठ जाते हो पूरी तरह से उसके बाद ये फ्रंट से अपने जगह पे आ जाएगा के एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ मैनुअल दिया हुआ है ओके मैनुअल मतलब ऑटोमेटिकली आपके एडजस्टमेंट बना बिना किए हुए आपकी सीट ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो सकती है यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया है। फ़र्स्ट में आप अगर मतलब आप पर्सनली बैठ रहे हो तो आपकी जो एडजस्टमेंट है गाड़ी उस तरह से अपना सीट ओपन करने के बाद उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी अगर सेकंड मतलब सेकंड कोई और बैठता है आपके फादर या आपका आपके फैमिली में से कोई बैठ जाता है तो उसके हिसाब से अगर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट सेव कर दी तो सेकंड में वो हो जाएगा और थर्ड में हो जाता है कि आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से ही थर्ड पर्सन जो ऐड करना चाहता है वही उसके बाद यहाँ से स्मार्ट हैंडल दिया हुआ है कुछ इस तरह से जो सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो उसके साथ आपको मिलता है यहाँ वुडन फिनिशिंग में डोर मिल जाता है पूरा डोर की बात करेंगे तो आपको डोर एकदम ग्लॉसी मतलब कि रॉयल फील दे देता है आगे चले जाएगा ओके तो ये देख रहे हो आपसे मैं जूम नहीं कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया उसके हिसाब से हाइट और आगे ढकल दिया है हमें कुछ तरह इस तरह से ऊपर आपको वही फील आ जाता है जो महिंद्रा ने मतलब की आपके रॉयल फील एकदम मतलब कि रिच पर्सन आप फील कर सकते हो उसके ऊपर कि वो मल्टी मिलियनर्स या बिलियनर्स की तरह फील कर सकते हो ओके okay, तो वही अगर हैंडल्स की बात करें तो हैंडल एकदम बेस्ट स्मूथ चल रहा है ओके okay. उसके बाद इंटीरियर के बारे में आप देख सकते हो इंटीरियर किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है फुल्ली मैच सबसे पहले बात करते हैं सीट्स के ऊपर अभी मैं जो सीट की ड्राइविंग सीट के बैठा। वो सीट ऐसा लग रहा है एडजस्ट तो, मतलब, करना पड़ता है तो महिंद्रा ने क्या कर दिया है कि यहाँ जो मैनुअली का ऑप्शन दे दिया है एडजस्टमेंट के हिसाब से तो वो तो फिक्स हो जाता है की मतलब आप अगर ओल्ड टाइप में देखेगा तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मेनुअली मतलब हाथ से अपने फिजिकली आपको ये करना पड़ता था थोड़ा सा अभी महिंद्रा ने वही क्या कर दिया है कि महिंद्रा ने उसे मैनुअली कर दिया है मैनुअली करने के साथ साथ क्या हो जाता है कि आपको मतलब कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाता है आपको कोई फिजिकली डिस्टर्बेंस या फिजिकली हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं होती तो इसी के साथ महिंद्रा ने यह बढ़िया काम कर दिया है जो मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने का काम रहता था वो कुछ कम कर दिया ओके तभी तो करते हैं कार को स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है ये हो गई स्टार्ट वाह कोई जवाब नहीं इसके स्टार्ट होने के बाद आपको जो मतलब महंद्रा के कार्स में पहले जो वाइब्रेशंस होता था वो वाइब्रेशन महंद्रा ने कुछ तरह कुछ इसको इस तरह से कम कर दिया है कि आप देख सकते हो कि मतलब आवाज ही नहीं आती इसके अंदर नॉइस का जो था मतलब आप हाईवे पे चल रहे हो हाईवे पे चलते चलते आपके अंदर एक कांस्टेंट स्पीड में होने के बाद आपको एक इंजन में से एक साउंड आता है वो साउंड आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब करता है ना कि आपका माइंड दुखना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ महिंद्रा ने उसे पूरे तरह से कम करने की कोशिश की हुई और रही बात स्टेयरिंग की डिजिटल्स चालू होने के बाद तो ये कुछ इस तरह से आप एक मैं एक फिंगर से ही पूरी अपनी पूरी स्क्रीन पूरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो पूरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आप किस तरह से मैं एक फिंगर से इसे घुमा रहा हूँ फिर भी मतलब इतना स्मूथ स्टेयरिंग हैंडल और आपके टायर किस साइड में रोटेड है स्टार्ट होने के बाद आपको वो भी एंगल दिख जाएगा लेफ्ट साइड स्टार्टिंग साइड ओके तो आप से देख सकते हो पैसे किसके लिए जा रहे हैं महिंद्रा ने करेंगे तो आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं इसके अंदर आ, फर्स्ट वेरिएंट जो होता है फर्स्ट वेरिएंट आपको मिल जाता है कुछ पेट्रोल में उसका जो माइलेज वो मिल जाता है 17.5 और अगर डीजल में लेंगे तो डीजल में आपको मिल जाता है सोलह पॉइंट आठ कुछ तो भी समथिंग अराउंड ये कंपनी ने क्लेम किया हुआ है अब ऑन रोड आप चलाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब ओरिजिनल क्या है फैक्ट क्या है फैक्ट के हिसाब से चलोगे तो फैक्ट के हिसाब से तो मतलब मुझे तो लग रहा है देना चाहिए अगर आप कंपनी uh, गाइडलाइंस के हिसाब से रूल्स फॉलो करते हो तो, तो बारे में बात करेंगे तो टेन का क्लस्टर दिया हुआ है और वही टेन का ये मतलब पूरा ही एकदम ऐसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही हैवी हैवी मेटल के साथ हैवी इंटीरियर के साथ अपने इंटीरियर जो डिज़ाइन किया हुआ है महिंद्रा ने एकदम बेस्ट किया हुआ है तभी तो के हिसाब से तो कोई जवाब नहीं इसका इसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप जब अगर बैठोगे फिजिकली तब आप फील कर सकते हो कि किस तरह से महिंद्रा ने ये आ, मतलब आप करते हो कि आपके पैसे चुकता की एक Uh, कुछ तरीके महिंद्रा ने इसके अंदर किए हुए है आपको तो डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ तक आपके यहाँ तक मतलब एक फुल्ली फुल्ली स्क्रीन दिए हुए वो भी डिजिटल दे दिए ये म्यूजिक का ऑप्शन था इसी के बाद होम में वापस से जाते हुए ये फन विद एक्सवन डबल ओ ओके डायरेक्शन ट पावर क्या बात है इसके बाद आते हैं एंड्रॉयड ऑटो पे मतलब तो आप मोबाइल डिवाइस करने के बाद उसके बाद आ जाते हैं इसके एंड्रॉयड कनेक्टिंग ओके पार्किंग कै? दिया हुआ है या रिवर्स दिया हुआ है न्यूट्रल दिया हुआ है ओके तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ऑटो होल्ड दिया हुआ है या स्टेरिंग के ऊपर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से की मिल जाते हैं यहाँ से इस तरह से की मिल जाते हैं ओके okay. ए सी के फ्लोर्स दिए हुए और सीट का मतलब जो सीटिंग एडजस्टमेंट दिए हुई है महिंद्रा ने वो सीटिंग एडजस्टमेंट भी वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है मुझे सीटिंग के एडजस्टमेंट के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ सीटिंग एडजस्टमेंट काफ़ी कम्फर्टेबल दी हुई और जो इसमें खासियत दी हुई है आपकी सबकी मनपसंद एलेक्सा इसके अंदर इन है एलेक्सा ओपन दन रूम ओके okay. आप देख सकते हो किस तरह से सनरूफ दिया हुआ काफी बड़ा बड़ा सनरूफ सनरूफ दिया हुआ है काफी बड़ा। महिंद्रा जो जो कार्स में जो का एक एक कल्चर हुई वो तो बड़े सनरूफ का कल्चर महिंद्रा ने कही तो भी कंटिन्यू रख दिया डबल ओके okay. okay. आप इसी वॉइस कमांड से आप उसे ऑफ भी कर सकते हो अलेक्सा क्लोज दूफ मतलब आपको अलेक्सा मिल रही है बात सुनने के लिए या घर का कोई बात नहीं सुनता है पर यह अलेक्सा आपकी बात सुन रही है ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है आप यहाँ वाईफाई कनेक्ट करके कर से नेट हैंडल कर सकते हैं सेफ्टी के बारे में बात करना चाहते हो तो सेफ्टी के बारे में आपको यहाँ मिल जाते हैं सेवन एयर जो काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए अगर आपको एक मज़ेदार चीज़ ये है कि आप यहाँ वॉइस कमांड से हैंडल कर सकते हो अपने संदूक को यूएस बी पॉड्स दिए हुए या दो ऑप्शन दिए हुए यूएस कार्ड के ओके या ग्लास ट्रे है ओके ये भी बढ़िया दिया हुआ है तो स्टार्ट स्टार्ट इस साइड में देखोगे तो इस साइड में आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से ओके ये बटन के बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं आप किस किसी पहाड़ी से उतर रहे हो समझो ये ढलान वाले रस्ते से उतर रहे हो तो ढलान वे रस्ते में क्या होता है कि आपकी कार का अचानक मतलब जो स्पीड होता है वो स्पीड बढ़ जाता है वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको हिल असिस्टेंट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है वो अगर रास्ता ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा रस्ता है जो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा रस्ता है उसे हैंडल करने के लिए यह ऑप्शन दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक और कुछ फीचर्स ऑन कर देता है आपके कार्स के अंदर जिसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी फार कंट्रोल थोड़ी मतलब थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है जिस तरह से आपकी सेफ्टी हो जाती है सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे तो सेफ्टी फीचर्स में आपको चिल्ड्रन uh, सेफ्टी में इसे ग्लोबली फोर स्टार मिला हुआ है मैं आप देख सकते हो सेकेंड रो में आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया फील मिल जा रहा है आप देख सकते हो एडजस्टमेंट मतलब महिंद्रा की जो एडजस्टमेंट है बहुत ही बढ़िया दे दिए हुए महिंद्रा ने मिडल सीट में बैठने के बाद आपको डोर के एडजस्टमेंट बेहतरीन दिए हुई है ओके तो यह कुछ इस तरह से कुछ बटन्स दिए हुए चिल्ड्रेंस के लिए चिल्ड्रेंस एडजस्टमेंट के हिसाब से सीट बेल्ट दिए हुए और ये यहाँ कुछ ग्लास बॉक्स ओके आप हैंड के हैंड रखने के हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं और मुझे जो बेहतरीन लगा वो यहाँ से ये है कि आप अगर मतलब कि आपको बैठने में मिडल सीट में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो आपका सामने वाले का सीट ज़्यादा है मुझे मिडल में सबसे ज़्यादा बढ़िया ये लगा कि आप बैठने में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो आप सामने वाले का क्या होता है ना कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो लॉन्ग टूर पर जा रहे हो तो सामने वाले का सीट ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है जो आपके सामने बैठा हुआ है तो आपको मिडल सीट में कम्फर्टेबल फील नहीं होता है पैरों को बहुत मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है तो वही महिंद्रा ने इस फीचर्स को ध्यान में रखने के लिए क्या क्या हुआ है कि आप अगर उससे सामने वाले को बार बार बोल रहे हो कि अपना सीट आगे ले अपना सीट आगे ले तो वो सीट आगे नहीं लेता है तो यहाँ कुछ इस तरह से दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शन कि आप आप सामने वाला अगर आपकी नहीं सुन रहा है फिर भी आप उसका सीट आगे करना चाहते हो तो आगे सीट करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन से आप सामने वाले की सीट आगे या पीछे कर सकते हो कि मतलब काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है ये महिंद्रा ने मतलब यहाँ से यहाँ ओके सीट आगे या पीछे हो सकती है। है। एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता टाइप का चार्जिंग पॉइंट है। क्या बात है? ये मतलब पूरी तरह से कार्स आपको मतलब फुल फुल पैसा पैसा। वसूल है, तो उसी के बाद आते हैं यहाँ तो मतलब मिडल में अगर लाइट रहेगी तो मिडल की लाइट एडजस्ट नहीं होती की मतलब कभी कभी ना आप पूरे कार्स में जितने लोग बैठे हुए उसे डिस्टर्ब कर देते हो डिस्टर्ब ना होने के लिए महिंद्रा ने एक स्पेशल अट्रैक्शन ये कर, कर दिया हुआ है कि यहाँ पर्सनल लाइट दी हुई है आप इस तरह से ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो उसको ओके तो सेवन एयर बैगस दिए हुए हैं तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं Sony के और साथ स्पीकर मिल जाते हैं सोनी मतलब फील अच्छा दे रही है कोई बात नहीं अगर आप इन्वेस्ट करके एक कार लेना चाहते हो कोई बुराई नहीं इसके अंदर उसके बाद आते हैं लास्ट रो के बारे में अगर बात करें तो लास्ट रो में आपको लास्ट तरह तो लास्ट रो में आपको आ, कुछ इस तरह से दिख जाता है वो ओके तो, okay, यहां आपको स्पीकर मिल जाएगा उसके बाद उसके ऊपर एसी का ऑप्शन मिल जाएगा यहां एक स्पीकर दिया हुआ है ओके बहुत यह एक ग्लास्ट दिया हुआ या चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है उसके बाद एसी कंट्रोलर दिया हुआ है काफी बेहतरीन काफ़ी बेहतरीन व्यू है पीछे का भी इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कार वेरिएंट में एक फाइव सीटर और एक सेवन सीटर ओके फाइव सीटर में आपको मिल जाता है एमएक्स और सेवन सीटर में मिल जाता है आपको एक में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं और सेवन और हम जो देख रहे हैं वो है एक्स लग्जरी के अंदर आपको कलर के ऑप्शन मिल आते हैं कि व्हाइट ब्लैक एक ब्लू मिल जाता है इलेक्ट्रिक ब्लू और एक सिल्वर मिल जाता है